एक बच्चे के अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए आप उसके साथ मिलकर एक कहानी बना सकते हैं आप उन्हें शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं जैसे चलो एक बुद्धू बंदर के बारे में कहानी बनाएं। फिर आप बारी बारी से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं उदाहरण के लिए बच्चा कह सकता है बुद्धू बंदर को दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है आप कह सकते हैं एक दिन उनको बहुत सारे केले मिले बच्चा कह सकता है बुद्धू बंदर सारे केले खाने लगा आप कह सकते हैं बंदर के दोस्त दुखी थे कि उन्हें एक भी केला नहीं मिला फिर बच्चा कह सकता है बंदर ने कहा मैं उन्हें सबके साथ बांटकर खाऊंगा कहानी बनाने से एक बच्चे को रचनात्मक रूप से सोचने और अपने विचारों को शब्दों में ढालने में मदद मिलती है